तो फेसबुक पे एंजल प्रिया रिया ना जाने कितने पापा के परोने हवस के भूखे बॉय स्कूल के लॉन्डर की वर्चुअल नहीं मुझे कोई ये बताओ एक लड़का लड़की के नाम से आई बनाकर बनाकर लॉन्डो को सेटिस्फाई कर रहा है इससे बड़ा समाज सेवा का काम दुनिया में कहीं और होगा ये लॉन्डे दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ संस्था चला रहे जियो आने के बाद एस बी जाली नामों का कुछ ज्यादा ही फैल गया जैसे की ये लोला से लोले के पास कब ऐसी सिंह होने लगा अभी लोले के पास तो अच्छा डू को छापना से छील कर सिंह बना दिया वेरी कैलोंटेड वेरी क्लियोटिव यार आज हम ऐसे फेसबुक आईडी के बारे में बात करेंगे जिनका नाम पढ़कर आप भी सोचोगे कि आखिर ऐसा कौन सा ग्रह भारी हो गया था यार कुंडली पे जो ऐसा नाम रखना पड़ा न इन मैडम का बायो पढ़ो पापा की प्रिंसेस डो डो मोम डोट दोस्तों की शान बीएफ की गंध आई मीन जान बस इतनी सी है अबे ये इतनी सी है क्योंकि बैंक में होता एक करोड़ लिखने के बाद भी ओनली लिखा जाता है अबे ये कैसे इनके घर में मेहमान क्या बोलकर आते होंगे की हौसड़ी जी के घर जा रहे नहीं डॉक्टर क्या बोलेगा हौसड़ी जी मुबारक आप पापा बन गए सस्ती रुपी अच्छा रेट भी बता रहा ना एक काम करो ना मेन्यू कार्ड यही पर छाप दो एक्सपेंसिव रुपी ओ बा महंगा मिडिल क्लास सबके लिए अवेलेबल है अरे भैया कोठाई बना दियो फेसबुक को और माजुक को डल्ला मरवा लो भाई तू मरवा मैं मैं क्यों मैं मारता मीठा नहीं हूँ उनकी प्यासी अरे तू जॉनी भैया के पास जाओ और ज्यादा ही प्यास लगा तो घर में कैंटारो डालो कैंटारो सबकी प्यास बुझाएंगे कुछ नाम तो ऐसे है जिनको अगर एक साथ पढ़ा एक जाए तो एक लाइन बन जाएगी जैसे की ये टट्टी कर लो कर ली मैंने धो लो मैंने ओछो आप ओछ ली टट्टी का ट्यूशन सेंटर खोल बैठे हो अभी छह साल आई डी मिलकर बना प्रोफाइल नेम ने हो गया हमारे लगता बाबू तुमने अभी तक नहीं देखी कि की धुलाई कैसे होती है ये देखो तुम जानते नहीं हम विधायक हैं है। हो दो मगर आराम से हाँ ठीक है हार्ड को हाँ नहीं करेंगे कोई बात नहीं अपने को ऐसे भी एक्सट्रीम दरंदगी वाली फैंटेसी है भी नहीं दिल की रानी मेरी रानी ज कर लो गंध मार ली किसकी मारी बे अकेले अकेले हमारा कुछ सोच लेते हमें भी तो अपना मेमोरी कार्ड किसी के कार्ड रिटायर में डालने का मौका दो यार और ये यहीं तक सीमित बाप।, अच्छा बाप है तभी मैं सोचू थे बदसूरत है अब मशीनरी खराब होगी तो प्रोडक्शन कैसे अच्छा हो सकता है नहीं यार आज तक तो सिर्फ सुना था की लोलह जैसी शाखा देख भी लिया राहुल हिला ये सो जा सुन ली अच्छी बात है अगर सुन ली तो दिल के अरमानों को दिल में रखो ऐसे तो हम भी दिन में 25 बार मुठ मारते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि प्रोफाइल का नाम मुठ मारी रख देंगे तेरी माँ का भरोसा मैं हुई अच्छा, तो दूंगा वो भी हाथी के एल से मैं माद रिलेशनशिप अब इस उम्र में लड़की छोड़ के जाएगी तो तुमसे बता मालक तो भी नहीं कोई भाई अच्छा हुआ अपना नाम खुद ही तू रख लिया नहीं और जब एक लड़का जोनी भाई का भी भक्त होता है और जाकिर भाई का भी तो उसका नाम कैसा होता है सब्त जोनी गुरु जानू भाई मतलब जानू भी और भाई भी कहते जानू रखे हो, नहीं मतलब जान हो तो मेरी लेकिन मेरी कोई और मारेगा और वैसे भी इसकी शक्ल देखे मुझे नहीं लगता ये जानवर किसी का जानू हो सकता है यार इस लड़की ने अपने एक्स से परेशान होकर अपना यूजर नेम ऐसा कि अक्तर आके हिम्मत नहीं कर पाएगा मैसेज करने का तो अगर तुम लोग के पास भी ऐसे ही कुछ अजीबो गरीब आई डी ने तो प्लीज मुझे इंस्टा या फेसबुक पे आगे दे दो ताकि मैं जो पार्ट टू बनाऊ तो उसमें ले सकूँ करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आई अगर तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट पूछ सकते हो और अगर इंस्टा नहीं चलाते तो है पूछ सकते हो क्वेश्चन ये करना जरूर की लेकिन बाइक की मैं शून्य पे सवार हूँ बेदब समय खुमार हूँ अब मुश्किलों से क्या डरू मैं खुद कहर हजार हूँ मैं शून्य पे सवार क्यों चीच से परे मजालू में भरे में लड़ पड़ा हूँ रात से मशाल हाथ में लिए न सूर्य मेरे साथ है तो क्या नहीं ये बात है वो शाम को था ढल गया वो रात से था डर गया मैं जुगनो का यार हूँ मैं शून्य पे सवार